लास्ट वाला बंदा बचा और अपन को नहीं पता कि आपन उसे मार पाएंगे और न ऊपर से कान में मच्छर बुनबुनाए जा रहे हैं बहुत वालों को इस गेम के बाद तो पेलूंगा मतलब पूरे मच्छर मार डालूंगा पहले अपन को इस बंदे को मारना पड़ेगा जो फ्री फायर में अपन के सामने बन बैठा है झंडू मतलब अपन की वाट लगाने के लिए ताऊपर से मार रहा है लेट दो तो... अरे लेट जग चूते नहीं तो टकले पर गोली पड़ गई ना आप उनकी वाट लग जाएगी पर वो नीचे आ चुका है इसलिए अपन को जाना पड़ेगा बंदा हो चुका है नॉक लास्ट वन वर्सेस वन हो चुका है मैच और अपनी मतलब कुछ हेडशॉट नहीं लगा पर मारना जरूरी था और जीतना भी तो आप करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब